राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिल और दिमाग में ताजा है एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरा का गीत समझकर कर गुनगुनाया कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा उतना ही जटिल सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है लेकिन प्रेम की यह कहानी कभी पूरी नहीं दोस्तों आज भी यह सवाल लोगों को कचोड़ता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने दूसरे को चाहा वो रिश्ता विवाह क्यों नहीं पहुंचा क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरा का गीत बनकर रह गई क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुकमणि को अपना जीवन साथी चुनाव उनकी कुल पत्नियों का जिक्र मिलता है लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है इतना ही नहीं कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम राधा का अंतिम समय बीता और किन हालात में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था उसका क्या हुआ यह सब एक रहस्य बन चुका है राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई थी भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया यह दिन राधाअष्टमी के नाम से मनाया जाता है कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडिर वन में हुई थी नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए काना को गोद में लेकर पहुंचे थे कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया कृष्ण राधा की नजरों से उझल क्या होते वो बेचैन हो जाती वो राधा के लिए उस प्राण वाली की तरह थे जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था है कि राधा को कृष्ण से विराका श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे श्री कृष्ण और राधा गो लोग एक साथ निवास करते थे एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका से विहार कर रहे थे तभी वहां राधा पहुंची और कृष्ण और विरजा को अपमानित किया इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दिया वहाँ मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पा उन्होंने उसी वक्त राधा को से बरसों तक विरा श्राप दे दिया सौ साल बाद जब वे लौटे तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने या सुधा के घर में प्रवेश किया वहाँ रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गो लोग लौट गए कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मला राधा को हमेशा रहा अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अर्धांगनी ना बनाने का कारण कृष्ण से पूछा तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे चल राधा क्रोधित हो गई और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया राधा के क्रोध को देख कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान है कृष्ण राधा के रूप में थे राधा समझ गई कि वो भी कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है दोनों में कोई फर्क नहीं है राधा कृष्ण की ना होकर आज भी उनके साथ पूजनी राधा कृष्ण की प्रेम की यह कहानी अधूरी होकर भी अमर है